दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर की जैसा कि आप लोगों को पता ही है काफ़ी समय से इंतज़ार हो रहा था इसके लॉन्चिंग का तो आपको पता ही है पंद्रह अगस्त पर लॉन्च हो चुकी है कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल में सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करी हैं कि क्या क्या रहेगा तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखना तो आपको वीडियो के ख़त्म होते होते इसमें सारा एक्जैक्ट पता चल जाएगा किसकी प्राइस कितनी रहेगी कौन कौन से वेरियंट इसमें अवेलेबल हैं और क्या क्या खूबियाँ रहेंगी इसमें दोस्तों इस ओला में बहुत सारी खूबियाँ जो अभी तक की कि किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में मैंने नहीं देखी तो वही मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल व्हीकल बाबा hmm. जी में और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का बटन प्रेस करो जिससे आने वाले स्कूटर्स के आपको रिव्यूस मिलते रहे इलेक्ट्रिकल स्कूटर के चाहे अदर व्हीकल्स के तो अभी सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक करो तो आइए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताऊंगा आपको इसमें ओला इलेक्ट्रिकल्स की जो भी सारी खूबियां हैं प्राइस के बारे में गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में इंजन के बारे में और जो भी हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओला फ्यूचर फैक्ट्री की तो दोस्तों यह वो ओला की फ्यूचर फैक्ट्री यहीं पर ओला की गाड़ियां बनेंगी और ये जो फैक्ट्री खास जो है जो तमिलनाडु में और वर्ल्ड की सेकेंड नंबर की लार्जेस्ट फैक्ट्री रही तो आइए हम बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के परफॉर्मेंस के बारे में पहली परफॉर्मेंस जो है इसमें ये मात्र जीरो से चालीस किलोमीटर मात्र तीन सेकेंड में पकड़ सकती है जो की हमने सोचा भी नहीं था और दूसरा परफॉर्मेंस का एक सौ पंद्रह किलोमीटर की टॉप स्पीड में चल सकती है ये और इसके अलावा जो इसमें खास चीज़ है 481 किलोमीटर इसकी रेंज है एक बार चार्ज होने के बाद इसको 481 किलोमीटर तक चला सकते अब तो हम बात करेंगे इसके मोड की तो नॉर्मली ज़्यादातर गाड़ियों में नॉर्मल स्पोर्ट मोड होता है लेकिन इसमें एक तीसरा मोड भी है हाइपर मोड तो दोस्तों ये भी हमने सोचा नहीं था कि इसमें हाइपर मोड भी रहेगा तो अब हम बात करेंगे इसके वेरियंट की तो ये आपको दो वेरियंट में देखने को मिल जाएगी एस में और दूसरा वेरियंट जो रहेगा एस वन का वेरियंट रहेगा और इसमें जो आपको कलर देखने को मिलेंगे वो टेन कलर देखने को मिल जाएंगे दस कलर तो अब हम बात इसके मोटर की तो दोस्तों तो ये रहेगी इसकी मोटर जो कि मोस्ट पावरफुल मोटर है इसकी 8.5 किलोवाट का पीक पावर इसमें। जो, है है जो आपने आप होम, आप होम में लगा सकते हो या दूसरा आप ओला हाईपर चार्जर में फिफ्टी परसेंट चार्ज कर सकते हो जस्ट एट्टी मिनट में जो की फास्ट चार्जिंग रहेगी इस तरीके से मोड देखने को मिल जाएगा इस तरीके से आप देख सकते हो रिवर्स मोड में आप इसको गाड़ी को पार्क कर सकते हो तो आपको किसी की जरूरत नहीं है पीछे रहने के लिए और इसके अलावा अगर कहीं आप ऊंचाई पर खड़े हो तो वहाँ पर भी आप कंफर्टेबली तरीके से खड़े हो सकते हो पीछे लौटने का कोई झंझट नहीं रहेगा और इसके अलावा इसमें जो सस्पेंशन दिए गए काफी अच्छे हैं जब आप इसको हाइपर मोड में भी चला रहे हो तो भी आपको धचकों का बिल्कुल एहसास नहीं होगा आप जिसको किसी भी रोड पर चला सकते हो और टॉप स्पीड में भी आपको बिल्कुल नॉर्मल स्मूथ राइड मिलेगी अच्छी खूबी है और इस ओला स्कूटर में एक अच्छी खास बात यह आप इसकी स्पीड को कर सकते हो अपने हिसाब से चाहे तो आप 40 पे लॉक कर सकते हो तो ये 40 पर ही चलेगी उससे ज्यादा नहीं चलेगी चाहे तो आप 50 पर कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से इसकी स्पीड को लॉक कर सकते हो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से ये जो ऑप्शन है दोस्तों बड़ी बड़ी गाड़ियों में था लेकिन इस ओला ही स्कूटर में आपको देखने को मिल जाएगा और यह बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है तो अब हम आगे चलते हैं और बताऊंगा मैं आपको इसमें क्या क्या फीचर्स है तो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों ताकि और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ इसकी खूबियां ताकि लोगों को भी पता चले क्या क्या खूबिया है इसमें और फेसबुक पर वीडियो देख रहा हो तो पेज को लाइक करो और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका जो डैशबोर्ड रहेगा वो सात इंच का डैश रहेगा इसमें जो डेशबोर्ड में पावरफुल थ्री जी बी रैम उकटाक और प्रोसेसर रहेगा इसके अलावा आप इसमें यहाँ पर कनेक्टेड कर सकते हो फोर वाईफाई ब्लूटूथ के साथ जो कि काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे खासियत है इसके अंदर वो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा दोस्तों इसमें कमाल का फीचर जो मैंने अभी तक किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं देखा इसमें सेंसर लगे हुए हैं और जब आप इसको ख़रीद लोगे उसके बाद अपने रजिस्टर कर लोगे तो आप इसमें जैसे ही आप इसके पास जाओगे तो ये ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी और बहुत दूर जाओगे तो ब्लॉक हो जाएगी तो ये सेंसर जो काफी है काफ़ी कमाल के हैं आप इसमें अपने घर वालों को भी रजिस्टर कर सकते हो आप इसमें अपने फैमिली मेम्बर को रजिस्टर कर सकते हो तो ये जो फ़ीचर्स हैं काफ़ी कमाल का फ़ीचर्स है दोस्तों इसमें और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं वो मैं आपको एक एक करके बता दूँ तो दोस्तों आप इसमें फुल कस्टमाइज़ कर सकते हो इसमें डैशबोर्ड में आपको साउंड की अगर कोई दिक्कत है तो आप साउंड चेंज कर सकते हो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो साउंड को और इसमें पहले से कुछ साउंड्स दिए गए इसमें डैश में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि कस्टमाइजेबल हैं और हम बात करेंगे इसके डैश में कि क्या क्या रहेगा आपको देखने को मिलेगा तो आइए मैं आपको बता देता हूँ चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ़ और ये देखिए ये जो इस तरीके का इसका डैश रहेगा डे में आप अपने साउंड को चेंज कर सकते हो जो बोरिंग साउंड उंड आता है पुरानी गाड़ियों में तो वो साउंड नहीं आएगा आप चलते मैं बता देता हूं ये देखिए जो इस तरीके से रहेगा आप साउंड को चेंज कर सकते हो डैशबोर्ड में ये देखिए दूसरी स्क्रीन चेंज कर सकते हो ये साउंड भी चेंज हो जाएगा और इसके अलावा अभी सारे काफ़ी कस्टमाइजेबल ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर वो जब आप गाड़ी खरीदोगे तो उसके बाद आप टेस्ट करोगे तो आपको अलग ही मजा आने वाला है तो दोस्तों यह बहुत अच्छा एक फीचर देखिए तीसरा इस मोड में भी हो जाएगा तो ये डैशबोर्ड में अलग अलग साउंड दिए गए हैं जो काफ़ी कस्टमाइजेबल ऑप्शन है अभी तक के कहीं किसी स्कूटर मैंने तो नहीं देखे और शायद ही शायद कहीं देखने को मिला तो ये जो है बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं दोस्तों तो आइए अब हम आगे चलते हैं और दूसरे फीचर्स की बात करेंगे इसमें और दोस्तों इसमें एक फ़ीचर्स और है जो वॉइस रिकोगनाइजेशन है जब आप इसको ख़रीद लोगे रजिस्टर कर लोगे तो ये आपकी वॉइस को पहचानेगा और आपकी वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हो उसको इसके डैशबोर्ड को आप बोलोगे प्ले द सॉन्ग तो यहाँ पर सॉन्ग चलने लगेगा आप बोलोगे इंक्रीज़ द वॉल्यूम द वालीम इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये इस तरीके के इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं और भी ऑप्शन जानने के लिए आपको ये होला लेना पड़ेगी तो और बहुत सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है आप इसमें नेविगेशन देख सकते हो पूरा आप इसमें यहाँ पर चेक कर सकते हो पूरा आपको मतलब कहाँ जाना है पूरा आपको स्क्रीन पर आ जाएगा आप उसमें मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है आप इसमें नेविगेशन को गूगल से कनेक्ट कर सकते हो ये इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों जो आपने सोचा भी नहीं होंगे इसमें एप्लीकेशन दी गई है इसमें मोबाइल ऐप आप में आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी आपको सर्विसिंग की ज़रूरत होगी या जो भी इसमें इशू आता है तो आपको तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा देखिए आप इसको कम ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ पर चल रही है कितनी चली है पूरा मतलब एक एक सिक्योरिटीज में इतनी कर दी गई है कि आप हो भी नहीं सकते तो एक तरीके की, लेवल की स्कूटर होने वाली है जो की में रिवोल्यूशन है तो आप सोच सकते हो दोस्तों की ओला में कितनेबल है अगर आपका कोई प्लान है लेने का तो आप बुक कर सकते हो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो लास्ट में आपको बताने वाला हूँ की कैसे बुक होगी और ई में अवेलेबल है की नहीं है और उसके अलावा भी काफी सारी ऑप्शन है लास्ट में वीडियो तक पता चल जाएंगे खत्म होते होते वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना इस तरीके से अगर आप इसमें बोलोगे प्ले समा सॉन्ग तो यहाँ पर सॉन्ग चल जाएगा आप बोलोगे इंक्रीज था वॉल्यूम तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी जो भी आप डैशबोर्ड को बोलोगे तो ये वॉइस रिकॉग्नाइज कर लेता है इसका डैशबोर्ड तो ये ऑप्शन भी काफी अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है जो अभी तक किसी गाड़ी में वॉइस रिकोगनाइजेशन तो मुझे देखने को मिला नहीं है और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके डिजाइन की परफॉर्मेंस की और टेक्नोलॉजी की क्या क्या यूज हुई है इसमें तो दोस्तों हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो वो रहेगी इसमें जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ जीरो से 40 किलोमीटर तीन सेकंड में मात्र जा सकती है ये 115 किलोमीटर की टॉप स्पीड में आप चला सकते हो उसको पर आर की स्पीड पर और 181 किलोमीटर आपको रेंजेस में देखने को मिल जाएगी तो ये हमने सोचा ही नहीं था इतना सारा ऑप्शन मिलेगा टेक्नोलॉजी में आपको अप्रॉक्सीमेटरी अनब्लॉक देखने को मिलेगा फर्स्ट नाइट्स मोड मिलेंगे उसके अलावा वॉइस कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा वेरियंट की बात करें तो दो वेरियंट भी मिलेगा एस में आपको यहाँ पर नॉर्मल और स्पोर्ट मोड मिलेगा और यहाँ पर नाइन्टी किलोमीटर की टॉप स्पीड आपको मिलेगी एस प्रो की बात करें तो यहाँ पर आपको एक किलोमीटर स्पीड मिलेगी और 181 आपको रेंज मिल जाएगी यहां पर मोड्स मोड नॉर्मल और हाईपर मोड तीन मोड आपको देखने को मिलेंगे 10 कलरों में अवेलेबल रहेगी दोस्तों प्राइसिंग की हम बात करेंगे तो ओला एस वन का प्राइस रहेगा 99,999 रहेगा और हम S1 Pro की बात करें दूसरे वेरियंट की तो एक लाख उनतीस हज़ार नौ सौ निन्यानवे प्राइस रखी गई है ये आपको ई में भी अवेलेबल हो जाएगी कुछ बैंकों से यहाँ पर प्राइजिंग का आप चार्ट देख सकते हो दिल्ली में आपको प्राइस मिलेगी 85,000 S1 की और S1 Pro की मिलेगी एक लाख दस हज़ार गुजरात में सेवेंटी की आपको एस की प्राइस पड़ेगी और वन आपको एस वन की प्राइस पड़ेगी और अदर स्टेट में आपको पड़ेगी निन्यानवे की एस और एक की एस वन दोस्तों ये सब्सिडी काटने के बाद प्राइज़ गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग सब्सिडी दे रखी हुई है तो ये आपको सब्सिडी के बाद ही पड़ने वाली है तो ये थे इसकी प्राइस दोस्तों और ये आपको अवेलेबल हो जाएगी सितंबर में परचेज़ कर सकते हो अक्टूबर में आपको डिलीवरी मिल जाएगी आपको बुकिंग मिलेगी OlaElectricals.com पर आप बुक कर सकते हो इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने मन मुताबिक कलर चुन सकते हो दस कलर अवेलेबल है एस प्रो में और पाँच कलर अवेलेबल है एस में तो आप अपने मन मुताबिक कलर चुन सकते हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो और अगर आपको या कोई फैमिली मेंबर ओला को लेना चाहता है रिव्यू देखना चाहता है तो आप इस हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी आरडीएम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि व्हीकल इंडस्ट्री में हम एक्सपर्ट है व्हीकल के लिए काम करते हैं आप शोरूम ओनर हो या फिर आप डीलर्स होकल्स या कोई भी वहीकल्स का शोरूम चलाते हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमारी आरटीएम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है व्हीकल इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है हम आपकी सेल्स को दो से तीन गुना तक बढ़ा सकते हैं हमने काफी सारे शोरूम की सेल बढ़ाई हुई है हम अभी दो तीन ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो नीचे दिया गया नंबर अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में जय हिंद दोस्तों